है दीवारें लंबी है डगर ना है हम राही ना है हम सफर ऊंची है दीवारें लंबी है डगर ना है हम राही ना है हम सफर Oslo oh, नकाब में है मुश्किलें ये जितनी भी आईना जुनून का को दिखाना है कालिख बिछी है जो मंजिलों की राहों में कदमों से अपने अब इनको मिटाना है ख्वाहिशों का ऐसा रंग तू घोल दे जिसके रंग में रंग जाए ये दुनिया करके बुलंद इन हौसलों को हासिल कर अपना मकाम तेरी जीत के आगे झुक जाए दुनिया चल तू बढ़ता चल तू चल चल बढ़ता चल तू बढ़ता चल